तो शुरू करते हैं। so आज मैं बताने वाला हूं। वाला फायर लेवल का झटका देने हमको हमको मारो, जिंदा मत छोड़ो, सालो। मंदिर घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है जो कि है, है। हो चुका बट जो फिर मैक्स है वो अभी भी है प्ले स्टोर के ऑफ ऑफ ऑफ ऑफ कौन रुक कहाँ से आते ही पता नहीं क्यों बैन हो गया तो आप गेस्ट करना गाइस आप कौन सा गेम खेलते हो आप पब्जी खेलते हो कौन सा गेम गेम खेलते हो गाइस जो मैं गेश्ट गेश्ट